एज ए स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट थी पढ़ाई कर रही थी तो एज ए स्टूडेंट मुझे समझ में आती है और कुछ बातें नहीं आती है लेकिन जब मैंने ये प्लान देखा तो समझ में तो ज्यादा कुछ नहीं आया लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि जो हम पैसे दे रहे हैं उसके बदले में हमें समान मिल रहा है यानी कि नुकसान तो कुछ होने वाला हो नहीं अगर हो जाने वाला था क्या ये सोचकर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी मैंने कहा जब ये लोग इतना कह रहे हैं तो क्यों ना एक सामान खरीद लिया जाए और बताते थे समझाते थे लेकिन लोग इतनी जल्दी करते थे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे ना बताया और मैंने सामान खरीद लिया मैंने कहा क्या फर्क पड़ गया इसमें लेकिन जब तो मैं थोड़ा जहां से शुरू किया वहीं जीरो पे लोगों ने